14 मार्च 2023 हिंदू धर्म में चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता की पूजा का विशेष महत्व है इस पर्व को बासोड़ा नाम से भी जाना जाता है इस दिन देवी शीतला को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है साथ ही बासी और ठंडा भोजन किया जाता है मान्यता है कि इस दिन माता शीतला की आराधना करने से आरोग्य का वरदान मिलता है देवी के पूजन से गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है आइए जानते हैं इस साल शीतला सप्तमी और अष्टमी कब है मुहूर्त और महत्व शीतला सप्तमी 2023 मुहूर्त पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी 13 मार्च 2023 को रात शून्य नौ बजकर 27 मिनट से शुरू होगी और इसका समापन 14 मार्च 2023 को रात शून्य आठ बजकर 22 मिनट पर होगा उद्यातिथि के अनुसार शीतला सप्तमी चौदह मार्च को है शीतला माता शीतलता प्रदान करने वाली देवी मानी गई है इसलिए सूर्य का तेज बढ़ने से पहले इनकी पूजा उत्तम मानी जाती है शीतला माता की पूजा का समय सुबह शून्य शाम 06.29 14 मार्च 2023 पूजा की अवधि 11 घंटे अट्ठावन मिनट पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की शीतला अष्टमी 14 मार्च 2023 को रात शून्य से शुरू होगी और इसका समापन 15 मार्च 2023 को शाम शून्य पर होगा शीतलाष्टमी के एक दिन पूर्व माता शीतला को भोग लगाने के लिए बासी खाना यानी बसोड़ा बसोड़ा अष्टमी 2023 तैयार किया जाता है शीतला माता की पूजा मुहूर्त सुबह 06.30 शाम 06.29 पूजा की अवधि 12 घंटे शीतला अष्टमी का महत्व शीतला अष्टमी सिग्निफिकेंस स्कंद पुराणों के अनुसार शीतला माता गधे की सवारी करती है उनके हाथों में कलश झाड़ू सूप सुपड़ा रहते हैं और वे नीम के पत्तों की माला धारण किए रहती है मान्यता है कि शीतला अष्टमी पर महिला माता का व्रत रखती है और उनका श्रद्धापूर्वक पूजन करती है उनके परिवार और बच्चे निरोगी रहते हैं देवी शीतला की पूजा से बुखार खसरा चेचक आंखों के रोग आदि समस्याओं का नाश होता है शीतला अष्टमी के दिन माता रानी को सप्तमी को बने बासे भोजन का भोग लगाकर लोगों को ये संदेश दिया जाता है कि आज के बाद पूरे ग्रीष्म काल में अब ताजे भोजन को ही ग्रहण करना है